जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। पड़ रहा जीतने वाले को बाजीगर कहते बात डी जेरस जोखा डी जेरस जोखा डी जेरस जखान har wale trainings ka araam का, डीजे जखानों का खा का, चेरस जथानो खा